तू तो कोशिश तो कर सब हो जाएगा तेरे पीछे पूरा जहां हो जाएगा कि तू तो कोशिश तो कर सब हो जाएगा तेरे पीछे पूरा जहां हो जाएगा डरता क्यों है अपनी गुजरी जिंदगी से गलतियां तो होती हैं कभी न कभी किसी से फर्क सिर्फ इतना है कि लोग गलतियों से सीख के आगे बढ़ रहे हैं कि फर्क सिर्फ इतना है कि लोग गलतियों से सीख के आगे बढ़ रहे हैं और तू गलतियों पे बैठ के अभी भी रो रहा है